ये हम झरने के सबसे ऊपर के छोर तक गए और पूरा रिक्स लगे और हमने झरने के अंदर वाटरप्रूफ कैमरा भी फेंका है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप वीडियो के अंदर मिल जाएगी ये देखो ये कैमरा बंधा हुआ है वाटरप्रूफ कैमरा पत्थर के साथ बांध के झरने के अंदर फेंका और इसकी गहराई नापी और कहाँ पत्थर अटक रहा वो भी दिखाया और हम यहाँ से थोड़े भी पैर पिसल गए तो सीधे मौत तो चले गए रिस्की ग्रुप में आपका स्वागत है आज हम ऐसा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो बहुत ही रहस्यमय है अपने खुद के लिए और हमें पूरे जोधपुरवासी के लिए ये पूरा झरना है झरने के अंदर हम आपको दिखाएंगे पानी कितने सालों से पड़ा रहता है तो भी कभी ये पानी के अंदर कीड़े नहीं पड़ते हैं और ज़मीन से 100 फीट ऊपर होने के बाद भी उसमें पानी है पानी है तो कहाँ से आते हैं पानी और हम पहाड़ के सबसे ऊपर के छोर पे जाएंगे और वहाँ पे जाके पूरा चरना के चारों तरफ घूमेंगे और देखेंगे पानी आता है तो कहाँ से आता है और नहीं आता है तो चमत्कार है और वो भी कैसे चमत्कार है वो सब दिखाएंगे हम आपको वीडियो के अंदर ये सारा पैदल चलने का रास्ता है अभी रोड सही है और थोड़ी सी आगे बाद में पत्थरों से बनी हुई रोड मिलेगी आपको ये सारा पैदल लोगों के लिए चढ़ने के लिए है पैदल जब इधर सावन सोमवार में भीड़ रहती है तब ये पैदल लोगों के लिए आने के लिए होता है और बाइक किसी को भी ऊपर आने के लिए एलो नहीं किया जाता है ओनली फॉर पैदल आना पैदल जाना होता है ये आपका 25 मिनट का वीडियो हमें तैयार करने में पूरे पाँच दिन लगे जिसमें एडिटिंग से लेकर वीडियो सूट तक सब मिक्स है ये हम आपको झरने से थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाता है कि कितना ऊपर झरना है और इतने ऊपर झड़ने होने के बाद में भी यहाँ पर पानी और इसके ऊपर भी और भी पहाड़ है तो वीडियो में बने रहेगा और चलेगा तो चलेगा आज हम वहाँ पे हैं जहाँ आपको पूरा वीडियो में स्टार्टिंग इंतजार था वो आपको देखने के लिए अभी मिलेगा वो उधर है महादेव जी का मंदिर ब्रह्मा ृषात्ज मंगल मंगल चरणं मंगलं मंगलं मंगलं भगवान पार्वती मंगलाय इधर से ये वापस आने के लिए गेट है वापिस इधर से दर्शन करते है और ये है उनकी गुफा झरना बोलते हैं इधर चलिए आपको अंदर ले जाते हैं और वो रहस्य पर बातें बताएंगे वो, वो रहस्य पे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के आंसर देंगे चलिए गए चलते आ जाए ये सारी हमारी एस एसरीज पढ़िए और हम अभी जो करने वाले हैं उसका भी सारी हमारे एस हम साथ में ले आए हैं और अभी हम चलते हैं और थोड़ा नीचे आपको दिखाते हैं पानी पानी चारों है है है और अभी यही वो गुफा है जो जमीन से सौ फीट ऊपर है सौ फीट ऊपर होने के बाद भी यहाँ पे इतना सारा पानी और वो भी एकदम साफ स्वच्छ पानी और जिसमें कई सालों से पड़े रहने के बाद में भी इस पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़े ये हम है ये इधर है महादेव जी का मंदिर है और ये इधर है झरना। ये ये आपको दिखा देता झरने की खिड़की खिड़की है, है, है और और वो भी है। और ये है मंदिर भगवान जी का और वो झरना है वो झरना और ये मंदिर एक ही था इधर ध्यान रखते हुए पब्लिक लोग बहुत आते हैं, उनकी वजह से कोई भीड़ वीर भी न जाए इसलिए बीच में दीवार कर दी गई बाकी ये ये पूरा देखो वैसा क्या वैसा ही है जैसा पहले था ये सारा अभी वैसा क्या वैसा। जाली लगा दी है ये हमने पत्थर के साथ वाटरप्रूफ कैमरा बांधा है और हम पत्थर को पानी के झरने के अंदर फेंकेंगे फिर देखेंगे कि हमें अंदर का क्या रिव्यू मिलता है देखे। देखे। तो अभी से से से से बाहर निकले, यहां से गुफा से बाहर गुफा झरने और पहले हम चलेंगे पहाड़ के सबसे ऊपर की देखेंगे पानी कहां से आता है और इसके बाद हम झरने के अंदर वापस आएंगे पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा जहां से पानी आता है कहाँ से पानी आता है वो सब दिखाएंगे ये था वो नीचे झरना झरने के ये है ऊपर अभी यहां से चलते है ऊपर मुझे तो ऐसी कोई भी जगह नहीं लग रही है जहा से पानी आ सके फिर भी नीचे पानी है को तो और ऊपर ले जाता हूं और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ ये देखो ये मैं और झरने के ऊपर आ गया हूँ फिक्स एग्जेक्टली इसके नीचे झरना है और आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि झरने में कहीं से पानी आ सकता है क्योंकि चारों तरफ मुझे तो सूखा लग रहा है ये देखो सारा कुछ सूखा है और ये भी जो पत्थर भी है सारे ऐसे नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से कोई पानी आ सकता है ऐसा कुछ हो सकता है भी मुझे पूरा सूखा लगा है और अभी हब... अभी मैं और मेरी पूरी टीम झरने के सबसे ऊपर के छोर पे जाएंगे और पहाड़ के सबसे ऊपर छोर पे जाएंगे और वहाँ से आपको बताएंगे कि पानी कहाँ से आता है बहुत ही ऊपर है हमें खतरों के साथ खेल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है हमें खुद पहाड़ पे रास्ता बनाना पड़ रहा है और हम पूरे एंड छोर तक जाएंगे और एंड छोर पे जाके हम आपको दिखाएंगे पूरा नीचे तक व्यू कठिनाई का रास्ता है सिर्फ आप आपके लिए, आपके लिए रहे जा रहे हैं हो हो बच गया मेरा सामना करना पड़ रहा है हमें मेहनत करके हम लोग वहां तो जा रहे हैं पूरी एनर्जी लो रेड लाइट रात सुन ले जाए जोधपुर जो जो जो जो जो के किला भी गाई बहुत बहुत थक बहुत सांस लेने लगे थे काफी ऊपर आ चुके थे अभी यहाँ से अगर बाईस बाई मिस्टेक थोड़ा सा अभी अगर पैर पिसल गया तो है एक एक घंटी गाय चोर थोड़ा सा पैर पिसला पूरा रिस्की है हम तो भी गए आपके लिए रिक्स लेके अभी और आगे चलते हैं ये देखो भाई थोड़ा सा भी अगर पैर यहाँ से पिसल गया तो सीधा गया मौत के मुंह में को आ नहीं सकता इतनी मेहनत करके इसलिए वीडियो को सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करो बैलाइकिन चैन की सांस मिलती थी कसम से मैं क्या बताऊं इतना एकदम चैन की सांस मिलती है ना इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत बहुत ही अच्छा हो लग रहा है मैं फाइनली गाइज हम उस मंदिर पे पहुंच गए थे और मैंने आपको नीचे पूरा वो जो पहाड़ था अभी जो झरना था उसका पूरा आपको रिव्यू दिखाया था और उसके ये अभी झरने के बहुत ऊपर आ चुके हैं वहाँ से भी आपको दिखाया हमने कुछ भी नहीं दिखा हमें या पीछे का बैकग्राउंड व्यू देख सकते हो हमें कुछ भी नहीं दिखा ऊपर से ऐसा कि जहाँ से पानी जा सकता है झरने के अंदर वो है मंदिर उधर मंदिर के ऊपर झरना है झरने के पूरे हम ऊपर आगे जा चुके हैं पूरा व्यू दिखा रहा है आपको झरने के ऊपर का पूरा व्यू कहीं ऐसा नहीं लगता कि वहाँ से पानी नीचे जा सकता है तो भी अंदर इतना पानी एकदम साफ पानी पीने लायक और बिल्कुल कीड़े नहीं है वो आप ये देखो वो वहाँ पे है झरना और ये है हम झरने के ऊपर खड़े हैं और झरना नीचे की साइड है झरना और इसके नीचे की साइड आपको चारों तरफ से आपको बताया है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि फिर ऊपर से कहीं ऐसे आता रहे ऐसा कुछ भी नहीं लगा ये देखो कि पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो बैकग्राउंड व्यू इतना मुझे तो अच्छा लग रहा है इधर भी व्यू इतना अच्छा और बारिश के मौसम में तो इतना अच्छा लगता है ना पूछो मैं ये भी हमारे फ्रेंड है इनका भी यूट्यूब चैनल है व्लॉग विथ एन ये भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे अभी हम वापस जा रहे हैं ऊपर से पहाड़ से सबसे नीचे की ओर वापस झरने के पास जाएंगे और हम आपको झरने के अंदर वापस उसकी गहराई मापेंगे और वाटरप्रूफ कैमरा भी फेंकेंगे चल रहे वापस नीचे की ओर चलते हैं वापस नीचे चलते हैं, वो वहां पे है झरना चलते हैं नीचे की ओर बहुत रिक्श के ऊपर चढ़ा हूँ और आपको ये भी रास्ता दिखा देता हूँ झरने का ये भी पूरी एक एकदम गुफा जैसा है ये दो ही पत्थर है पहाड़ से ही से निकाला हुआ है ऊपर से सूर्य की किरण आती है वो अभी आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ पहाड़। ये देखो, ये पूरा पहाड़ है ये देखो। इनमें से मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि कहा से पानी आता है क्योंकि तो मैं झरने के जैस्ट ऊपर आके आपको दिखा दिया कि ये झरने के ऊपर की जगह है फिर भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जहां से पानी आ सकता है अभी तो चमत्कार ही है और यहाँ का पानी में पड़ा रहता है तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते पानी आप कभी भी पियो एकदम शुद्ध पानी होगा और ये देखो आपको अभी हम वहाँ पर जाके आए पूरा घूम के आए हमें ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, नहीं मिला अभी जस्ट इसके नीचे यहाँ पे है झरना जो चो मैं जब से हुआ है आज से कभी पानी कम नहीं हुआ जब जिस जिस लोगों ने भी देखा कभी पानी कम नहीं देखा अभी देखो, ये है झरना का गेट मैं वापस जाता हूँ झरने में मुझे तो इधर बहुत ही अच्छा लगा अंदर बैठी हमारी टीम इधर ही बैठी है वीडियो like को लाइक करें, कमेंट करें शेयर करें और भैया के ग्रुप को सपोर्ट करें आपके लिए इतनी मेहनत करके यहाँ से बहुत दूर से चलकर खास और ऐसी वहाँ से मंदिर से पैदल आए हैं और नंगे पांव आए आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे like तैयार हो जाए गाय और हम आपको दिखाएंगे कितना क्या है सब कुछ दिखाएंगे कोई पथ फेंकते हैं पानी के अंदर और देखते हैं कितना दूर जाता है इधर लोगों का मानना है कि ये बहुत गहरा है बहुत डीप है पता नहीं कितना है चेक तो करना पड़ेगा इसलिए हम पतन को यहाँ से फेंकते हैं सामने वाला उस छोटे से है देखते हैं कितना दूर जाता है कितना तो अंदर जाता है अगर जितना गहरा होगा उसमें खींची जा रही खींची जाएगी अगर नहीं होगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा इसको। रस्सी खींची नहीं जा रही है बिल्कुल भी और लगता है वो कहीं पतल अट गया है और ज़्यादा नीचे भी नहीं गया पत्थर वो बीच में कहीं अटक गया है क्योंकि ज़्यादा हमारे हाथ से रसी स्लिप नहीं हुई ना ही नीचे की ओर गई थी और बीच में काफ़ी जगह पे पत्थर अटक भी रहा था जैसे मीन्स पत्थर के कौन टेकना और हम इधर नहीं हुआ था उस साइड एक और जगह है उस साइड भी पत्थर टेंकेंगे और देखेंगे कितना गहरा है पूरी गहरे ना तो थोड़ा सा us करते है। ये करते हैं हमारे पास प्रूफ कैमरा जिसको हम पत्थर के साथ बांध के फेंकेंगे सीधा उधर और फिर देखते हैं पानी के अंदर कितना गहरा है पत्थर कहाँ अटक रहा है वो सब देखेंगे इस कैमरे की मदद से मैं कैमरा सेट कर दिया तो अभी ये देखो इसको अभी पानी के अंदर फेंकेंगे इसको पत्थर के साथ कनेक्ट करते अभी हमने इसके साथ ये इसको बांध दिया है पूरे रिकॉर्डिंग है फेंकेंगे फिर देखते क्या होता है चलो तो ये जो पत्थर के साथ बना हुआ कैमरा है वाटर कैमरा जिसको पानी में फेंकेंगे अभी हम पत्थर के साथ वाटर कैमरा फेंक रहे हैं उस कैमरे में वो रिकॉर्डिंग देखेंगे कि पत्थर कहाँ अटक रहा है और नीचे जा रहा है तो कितना गहरा में जा रहा है और वो नीचे क्या चीज़ है वो सब अपन कैमरा की रिकॉर्डिंग में देखेंगे और इस क्लिप के आगे मैं वो क्लिप एड करूँगा चलिए चलता है कैमरा भी हमने खोल लिया मैं तो पूरा सही सलामत निकला है पानी कैमरा और अभी ये पत्थर रखता है और ये हम देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अटके पत्थर कहाँ अटका है वो सब देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको वीडियो के क्लिप एंड में दिखाएंगे और चले चलते हैं मैं थोड़ी सी देखा ये हम फेंक रहे हैं पत्थर के साथ कैमरा बांध के ये फेंका आप गया पानी के अंदर ये सब पानी का रिव्यू है आप अच्छे से देख सकते हो ये देखो पानी के अंदर क्या क्या दिखता है सब कुछ देख के आप एकदम क्लियर एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आपको दिख रहा है सब कुछ पानी औरजिनल हुई पूरी ये हम कैमरे को वापस खींच रहे ऊपर की ओर एक निकाल दिया पानी से बाहर कैमरा और, भी भी रखते और हम देखते कि इसकी अभी ये ये रखते हैं और आपकी मर्जी है लाइक करना सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है क्योंकि देसी घी खाना है तो आपको करना समझ गए होंगे आप जो देसी घी खाना चाहते हैं वो ऐसे करेंगे जो जिसको नहीं हजम होता है देश की वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप समझ चुके मीन्स वीडियो को अच्छा वीडियो जिसको देखना वही सब्सक्राइब करेगा और फिर आपकी मर्जी आपको करना है नहीं करना वो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ हो सके तो मत करा अच्छा होगा जिसको करना है वो ही करेगा चलेगा चलते ओके बाय बाय टेक केयर गाई जी रील्स में अभी बहुत ही फेमस हो रहा ट्रेंड हो रहा है सॉन्ग ये सॉन्ग कौन सा है हमें कॉपी आ जाएगी इसलिए हमने नहीं डाला जरूर कमेंट करे और हमें बताया कौन सा सॉन्ग है